जो बंदा तीन चीजें खाता है वो जिंदगी में कभी भी मोटा नहीं होगा नंबर एक लेमू का रस नीबू का रस नंबर दो खाने से पहले खीरा खाना बहुत से लोगों की सुने मगर बात सिर्फ चंद लोग जमीन चाहे जितनी अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो तो फसल अक्सर खराब हो ही जाती है बिल्कुल इसी तरह घर चाहे जितना बड़ा हो जितना अच्छा हो लेकिन घर में दीन ना हो तो फिर मेरे साथ में आप लोगों को बतलाऊंगा हकीम लुकमान सलाम की क्या नसीहत है और आपने क्या लोगों को बातें बतलाये तो आपने फरमाया और आखिरत में अगर किसी मर्तबे पर पहुंचना है तो मेरे भाई बोलना कम कर दो और चुप रहना ज्यादा सीख लो बात याद रखना जिंदगी बिल्कुल सादा और मुख्तर गुजारो ताकि क्यामत के दिन हिसाब देने में परेशानी न हो बात याद रखना रास्ते बनाना अल्लाह का काम है तुम तो बस खाली दुआ करते रहो और अल्लाह पर यकीन रखो कि तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल होंगी माया सजदे की खूबी ये है कि हम फर्श पर सरगोशी करते हैं और वो आर्श पर सुनी जाती है बात याद रखना जो बंदा तीन चीजें खाता है वो जिंदगी में कभी भी मोटा नहीं होगा नंबर एक लेमू का रस नींबू का रस नंबर दो खाने से पहले खीरा खाना नंबर तीन नहारू खुश खजूर खाना बात याद रखना आपने फरमाया अकलमंद फौरन वही करता है जो बेवकूफ आखिर में करता है। बात याद रखना जहीन शख्स अपने अहमद दोस्तों ऐसी ज्यादा अपने दुश्मनों से फायदा उठाता है जो मोहब्बत मांगी जाए अच्छी होती है लेकिन जो ना मांगी जाए वो उससे बेहतर है बात याद रखना बहुत से लोगों की सुने मगर बात सिर्फ चंद लोगों से करें। बात याद रखना बुजदिल इंसान अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं बुजदिल इंसान अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं और बहादुर इंसान को मौत सिर्फ एक बार ही आती है बात याद रखना आपने आगे फरमाया हम ख्वाबों की तरह हैं हम ख्वाबों की तरह हैं हमारी छोटी सी जिंदगी नींद से भरी हुई है बात याद रखना जैसे एक छोटी मोमबत्ती रोशनी को दूर फेंकती है वैसे ही गुनाहों से भरी दुनिया में एक अच्छा काम एक अच्छा काम कर जाना चमकता रहता है बात याद रखना जी हालत खुदा की लानत है इम वो बाजू है जिसके साथ हम इंसान की तरफ परवास करते हैं आपने आगे फरमाया खुदा ने आपको एक चेहरा दिया है और आप अपने आप को दूसरा बना देते हैं याद रखो जहन्नम खाली है तमाम शैतान यहाँ हैं। आपने आगे फरमाया अहमक अपने आप को अक्लमंद समझता है बेवकूफ़ अपने आप को अकलमंद समझता है लेकिन अकलमंद अपने आप को अहमद जानता है बात याद रखना जब गुस्से में हो तो कुछ भी ना करें जब आप गुस्से में हो तो कुछ भी ना करें क्योंकि जो कुछ भी आप करेंगे, करेंगे। वो गलत ही करेंगे। बात याद रखना, आपने आगे फरमाया इंसान जो बुराई करते हैं वो उनके बाद रहती है इंसान जो बुराई करते हैं वो उनके बाद रहती है अच्छाइयों को तो अक्सर उनकी हड्डियों में दफन कर दिया जाता है बात याद रखना कुछ लोग अजीम पैदा होते हैं कुछ लोग अजीम पैदा होते हैं कुछ लोग अजमत हासिल करते हैं और कुछ लोगों पर अजमत का जोर डाल दिया जाता है बात याद रखना कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती लेकिन सोच उसे बना देती है एक बात हमारी याद रखना जमीन चाहे जितनी अच्छी हो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 बात हमारी याद रखना जो लोग मतलब के लिए पाओ पकड़ लेते हैं वही लोग अगर मतलब ना निकले तो फिर मेरे भाई गिर भी रिश्ते नहीं, एहसास के होते, हैं। के नहीं एहसास के होते हैं अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं यही चीज अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना दिमाग एक भेड़ है दिमाग एक भेड़ है नफ्स एक भेड़िया है और ईमान एक चरवाहा है चरवाहा अगर मजबूत और बेदार नहीं तो फिर मेरे भाई भेड़िया भेड़ को खा जाएगा बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना हिरनी शेर से भी ज्यादा तेज रफ्तार होती है लेकिन फिर भी वो शिकार हो जाती है पता ऐसा क्यों क्यूँकी वो बार बार पीछे मुड़ देखती है की शेर कहाँ तक पहुँचा है जबकि ऐसा करने ऐसी उसकी रफ्तार कम हो ही जाती है बिल्कुल इसी तरह जब हम जिंदगी के सफर पर रवा दवा है तो फिर बार बार माजी में झांकने से पास्ट में झांकने से हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना अगर आप किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते अगर आप किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते तो फिर मेरे भाई बुरा करने की भी कोशिश मत करो पता ऐसा क्यूँ ये दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाले नहीं बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना जिंदगी में सादगी अपनाओ जिंदगी में सादगी अपनाओ जितनी सादा जिंदगी होगी ना उतनी ही आपकी परेशानियाँ कम होंगी बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना अगर औलाद को गिफ्ट ना दिया जाए तो वो कुछ वक्त तक रोएगी और अगर औलाद को इल्म फन दिया जाए तो फिर मेरे भाई वो जिंदगी भर रोएगी लेकिन अगर औलाद को ना दिया जाए तो फिर याद रखना मेरे भाई की हमेशा हमेश की जिंदगी में रोना औलाद का मुकद्र होगा बात याद रखना अपने औलाद को दीनी तालीम जरूर दें